मैं बताऊं सर बताओ मोहन हमारे देश के मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है सही है मोहन तो अनिल तुम बताओ तो तुम्हारे स्कूल तो का क्या नाम है हमारे स्कूल का नाम तगड़ू नामू तुम हैलुआ तुम चुप रहो हम बताए थे हमारे स्कूल का नाम सरकारी है एक कलुआ तो चुप रहो हम बता रहे हैं हमारे स्कूल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री बच्चों आप सबका आंसर सही था अब हम फिर टेस्ट लेने आएंगे नमस्ते मैम नमस्ते सर। सर। गुड